कटनी से एक मामला सामने आया है जहां स्कूल में फाइलेरिया की दवा देने के बाद करीब दो दर्जन बच्चों की तबियत अचानक बिगड़ गई। बताया जा रहा है दवाई देने के बाद बच्चों को चक्कर आए और उल्टियां भी होने लगी जिसके बाद तुरंत बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया विजय राघवगढ़ के घुनौर एवं रजवारा नंबर एक के शासकीय स्कूल में बच्चों को फैलेरिया की दवा का सेवन करवाया गया जिसके बाद लगभग दो दर्जन बच्चों की अचानक तबियत बिगड़ने लगी अधिकांश बच्चों को चक्कर आने लगे और कुछ बच्चों को उल्टियां भी हुई जिसके बाद आनंद फानंद में बच्चों को विजय राघवगढ़ हॉस्पिटल लाया गया जिसमें से तीन बच्चों की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण उन्हें उपचार के लिए कटनी रेफर किया गया है जहां उनका इलाज जारी है में पढ़ते रही, स्कूल में, तो, गोली रही। तो उसी से मतलब वो चक्कर आए है उल्टी चढ़ाने लगी है अच्छा कल न्यूज मिली थी की कुछ बच्चे जो है जिनको उल्टी हो रही है जी में हो रहा है इसकी वजह से कल लगभग 20 बच्चे जो है भजरावगढ़ बजरवारा गाँव के वहां एहतियातन के तौर पे एडमिट करे गए थे उन्होंने गोली का सेवन 10 तारीख को किया गया था अमूमा 24 घंटे के बाद जो है उनको इस तरह के सिम्टम को लेके वहां भर्ती किया गया था बट एम की दवा एकदम पूरी तरह से सेफ़ है कभी कभी यह होता है कि इसमें उल्टी आना इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जिमिचलाना भी हो सकता है कॉमनली